तो पुष्पा मूवी से पुलिस वाले इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हैं कि पुलिस वाला समझकर मामू समझा क्या यूपी पुलिस है मैं दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डायलॉग मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है तो आप गलत हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस है जो पुष्पा मूवी से इतने इंस्पायर या परेशान हुए हैं की अब पुष्पा की स्टाइल में अपराधियों को धर रहे हैं सहारनपुर में ग्यारह हजार किलो से ज्यादा लकड़ी पकड़ी गई है प्रतिबंधित लकड़ी थी 20 लाख रुपए से ज्यादा उसकी कीमत थी और पुष्पा के स्टाइल में यूपी पुलिस ने पोस्ट डाला शुरुआत वही से किया पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझी क्या फायर है मैं अगला पोस्ट डाला की पुलिस वाले समझ कर मामू समझा क्या यूपी पुलिस है मैं हाँ पुष्पा धरा भी जाएगा कोटा भी जाएगा पकड़ा भी जाएगा और ऐसे बच्चों की तरह बैठाया भी जाएगा पुष्पा से फायदा किसका हुआ पता नहीं लेकिन पुष्पा की तरह जो बदमाश थे अब उनकी बैंड बजी पड़ी खासकर कर यूपी में तो अलग ही क्लास लगी हुई है दोस्तों आप लोगो को ये यूपी पुलिस का डायलॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना We're not winning.